بعد من बाद फ फ़ारद्मीन शईफ़ादी बसमी अल्लाम बल्लनाफ़ी शाबान अला रमज़ान देखें हमारे सामने एक मुबारक और एक मुकदस और एक बाबरकत महीना आ रहा है। जिसकी तैयारी हमें अभी से ही करनी चाहिए जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या कोई महफ़िल सजाई जाती है या शादी वगैरह होती है तो हम उसका इंतज़ाम कितने पहले से करते हैं करते हैं नहीं करते हैं बहुत पहले से करते हैं क्योंकि वो दिन उस दिन तैयारी नहीं हो पाएगी तो इसी तरीके से हमारे सामने एक ऐसा महीना आ रहा है रमजान रमज़ानमबारक का महीना जिसकी बरकतें रहमतें मौसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं रहमतें इस तरह नाजिल होती हैं गुनाहों से माफी का ये महीना आ रहा है और इस महीने की हम अभी से ही तैयारी शुरू कर दें लेकिन आज असल में हो क्या रहा है हम देखते हैं कि जहाँ जुमा जो है जल्दी हो रहा है वहां लोग थोड़ा दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं पता नहीं आजकल कोई दीन की बात सीखना चाहता है सुनना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी नहीं बस किसी तरीके से नमाज पढ़ें दो रकत किसी तरीके से नमाज पढ़ ली बस हमारा हक अदा हो गया और चले जाए बहुत से लोग तो ऐसे देखे हैं जो खुतबा हो चुका होता है तब आते हैं नमाज पढ़ने क्या फ़ायदा इससे नमाज पढ़ने? खाली सिर्फ हम जुमे की नमाज़ पढ़ के ये तो नहीं कह सकते कि हमने जन्नत ख़रीद ली या एक महीने में हमने इबादत करके या कुछ हमने ख़रीद लिया या जन्नत हमारे बाप दादा की है इधर हज़रत उम्र तो पूरी पूरी ज़िंदगी रोते रहते थे आंसुओं से आँखें उनकी तर रहती थी फिर भी सहाबा से जाते वक्त अपने पूछ रहे थे कि बताओ हमने जो जो अमल किए हैं साहबा बड़े खुश दिली से उन्हें बताते थे कि हजरत आपने जो भी काम करे हैं बहुत अच्छे काम करें उस आप उससे नाउमीद ना हो लेकिन फिर भी हजरत उमर कह रहे थे कि बस हमने जो अपनी जिंदगी में जो भी काम करे हैं अल्लाह बस खाली मुझे इस जहन्नम की आग से बचा ले भले ही वो जन्नत ना मिले लेकिन जहन्नम की आग से बचा लेकिन हम क्या सोचते हैं सिर्फ वह बस खाली दो सजदे लगाए और हम सोचते हैं हमारी जन्नत हो गई जन्नत हमारी वाजिब हो गई ये इस गलत फहमी में ना रहे मेरे भाई इतनी आसान नहीं है जन्नल जितना हम सोचते हैं साहबा जो है पूरी पूरी जिंदगी अपने खलूस इखलास के साथ हमल करते रहते थे फिर भी रोते रहते थे कि बस अल्लाह जो है हमें जहन्नम की आग से बचा ले क्योंकि हकीकत में उन्होंने देखा होता है जहन्नम को सुना होता उसके बारे में नबी अक्रम सल्हलम से क्या इर्शादात हैं आपके जहन्नम के बारे में कितनी सख्त सख्त से वाहिबे हैं लेकिन वही हाल है कि जहाँ जल्दी नमाज होती है बस किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाए बाकी जो है जहाँ कुछ कुछ सुनाई दे रहा है या समझने को कुछ मिल रहा है सुनने को मिल रहा है वहाँ बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो बहरहाल हमारा मौजू ये था कि जो है हमारे सामने एक बाबरकत और एक मुक़दस महीना आ रहा है जिसकी तैयारी हमें पहले ही से ही करना चाहिए एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें शयातिन को क़ैद कर लिया जाता है एक ऐसा महीना आ रहा है कि हर शब्द उसमें एक रात में एक मुनादिफ उड़ता है और कहता है खैर के चाहने वाले आगे बढ़ और शर के इरादा करने वाले पीछे हट जाए एक ऐसा महीना आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक की इस मुब, इस माह मुबारक की बरकत से बेहिसाब आदमियों को दोजक से नसीबत फरमाता है इस माह में एक ऐसी रात आने वाली एक ऐसी नाइट आने वाली है जो हज़ार महीनों से क्या है अफजल है बेहतर है तो हमारे सामने एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें नकल काम का अजर फर्द के बराबर भी सबाब उसका मिलता है तो इस महीने को सब और गमखारी का भी महीना करार दिया गया है इसलिए इस महीने में मौसलाधार बारिश की तरह रहमतें बरसते हैं, हैं नाजुल होती हैं और हम इस महीने को गबलत में ही गुजारते चले जा रहे हैं नबी अक्रम सल अल्लाह आल वम का पता मक़ूल किया था अमन किया था आप सल्लम के अमल से अगर देखा जाए तो पूरे शावान के महीने रोज़े रखते थे मतलब अभी से ही वह रमज़ान की तैयारी करते थे हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लावायत है वो कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में इस कदर रोजे रखते देखा कि किसी और महीने में हमने इतना उनको रोजे नहीं रखते देखा तो इससे यह पता चल रहा था कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई मामूली महीना नहीं है वो कोई छोटा महीना नहीं है मेरे भाई बहुत बाबरक और मुकदस महीना आ रहा है उसकी तैयारी हमें अभी से ही करना है जिस तरीके से हमने अभी बताया था कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या किसी तरीके से कोई प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तो उसका हम इंतज़ाम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं जिन जो लोग सुन्नते पढ़ने जा रहे हैं बैठ जाए है, सुन्नतों का टाइम दिया जाएगा तो ये हमारे सामने मुक़दस और बाबरकत महीना आ रहा है इस महीने को हम गफलत और लापरवाही में ना गुजारें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वल् शाहबान के महीने से ही रमज़ान की तैयारियां शुरू कर देते थे तो इस अमल से हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम के अमल से क्या पता चला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व की शफकत तो ये देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वस पूरे महीने शाहबान के रोज़े रख रहे हैं लेकिन अपनी उम्मत को क्या गया कि बस खाली पंद्रह शाहबान तक रोज़े रखें उसके बाद ना रखें यह हुक्म दे दिया पता ऐसा क्यों किया इसलिए कि हमारी उम्म कहीं रमज़ान के रोज़े न रख पाए कमज़ोर ना पड़ जाए इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबकत के साथ हम लोगों को मना कर दिया और आप ख़ुद अपने शाबान के पूरे पूरे महीने रोज़े रख रहे हैं ये नबी ने हमारे ऊपर मेहरबानी करी तो इस हदीस से हमें ये पता चला कि हम शाबान के महीने में ही रोज़ा रखना शुरू कर दें रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू कर दें इस हदीत से यह भी पता चला कि हम पूरे शाबान के रोज़े रखें जो ताकतवर लोग हैं वो वो पंद्रह शाहबान के बाद भी रखें और जो कमज़ोर हैं वो पंद्रह शाबान यानि शबर की जो रात होती है वहाँ तक लग रखें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से हमें तैयारी करने का बताया कि हम इस माह मुबारक की तैयारी करें जो रमज़ान का महीना आ रहा है और इसमें जो है तीन चार काम और करना जब हमें तैयारी करना है तो ये बताएँ सबसे पहले कि रमज़ान में सबसे बड़ा वस्तु क्या है रोजे रखना रमजान में सबसे बड़ा काम रोजे रखना तो हमें क्या करना है पूरे रमज़ान के रोजे रखना दूसरी चीज क्या है रमजान की दूसरी बड़ी इबादत क्या है तरावी पढ़ना बोला करें देखो दूसरी दूसरी इबादत क्या है रमजान की बड़ी तरावी पढ़ना बोलने से बात हमारे समझ में आएगी जैसे वो गूगल बोलता है ना कि बोलोगे तो सब सुनाई देगा यह सब होगा तो इसी तरीके से हम भी कहते हैं कि बोलेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा दूसरी बड़ी इबादत क्या है तरावी में कलाम पाक सुनना तो हम अभी से क्या करें अपने फजर की नमाज में ही उठना शुरू कर दें बल्कि फजर की नहीं तहजद में उठें और कलाम पाक की तिलावत करें अगर ये हमसे नहीं हो पा रहा है तब फिर हम क्या करें अभी से ही फ़जर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तभी तो हमारी रमज़ान की तैयारी हो पाएगी और तीसरी बड़ी चीज़ क्या है जो जिस गुनाह में मुबतला है जो जिस बुराई में मब्तला है उस बुराइयों को अभी से ही छोड़ने की कोशिश करें मिसाल के तौर पर अभी आँखों से बदनजरियां बहुत हो रही हैं मोबाइलों पे बैठ के इंटरनेट पे बैठ के लोग जाने क्या क्या देख रहे हैं वालम लेकिन अभी से हमें क्या करना है इन बुराइयों से बचना है ये हमें अभी से ही रमज़ान की तैयारी करना है आपको पता है रमज़ान का असल मकसद क्या होता है रमज़ान का असल मकसद यही होता है कि हम तकबा और परहेजगार बन जाएं, हम गुनाहों और गंदगी से पाक साफ हो जाएं, इस तरीके से हम अपने सारे बुरे कामों से बच जाएं, ये रमज़ान का असल मकसद होता है तो ये हमने तीन काम बताए, पहला काम क्या है रोज़े रखना नबी नबी अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने में रोज़े रखना रमज़ान के लिए और अपनी उम्मत को भी बता दिया कि जो कमज़ोर तबका है वो पंद्रह शाहबान तेल रखे और जो ताकतवर है वो पंद्रह शाबान के बाद भी रख के लेकिन हमारे यहाँ हाल तो ये है कि ना हम शाबान की तो दूर की बात है रमज़ान में भी नहीं रोज़े रखते तो इस तरीके से हमने तीन काम बदला है पहला काम रोज़े रखना है दूसरा काम तराबी पढ़ना है तराबी में कलाम पाक सुनना है तीसरी चीज़ जो हमने बताई गुनाहों और गंदगीों से पाक साफ होना है अच्छा आज के दौर में दूसरा जो बड़ा काम जो गुना हो रहा है वो ये वो भी हो रहा है कि हम माँ बाप की नाफरमानियाँ बहुत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हम मां बाप की नाफरमानियाँ कर रहे हैं माँ का तो हमसे अदबोराम हो जाता थोड़ा सा इसलिए कि माँ कमज़ोर होती है वो अपने बेटे से आगे डर रही होती है। नहीं बोलना चाहती है लेकिन बाप का हमसे बिल्कुल भी अदब वहतराम होता क्योंकि वो हमें तड़ा तड़ तड़ा दर सुना देता अगर हम उसे सुनाते हैं तो फिर वो हमें खड़ी खोटी सुना देता एक ही तीन हम उसे सुना देते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें माँ बाप की बहुत अहमियत है और इसकी बहुत कदर कीमत है यकीन कर लें कि ये हमारे अब्बा हैं। बस यकीन कर लें ये हमारे अब्बा हैं जस्ट ऑनली फोटो एज लव जैसे ही हमने उनके ऊपर मोहब्बत की नजर डाली क्या हो गया हमें एक हज और उम्र का सवाब मिल गया बताओ फ्री फोकट में एक हज और उम्र का सवाब मिल गया तो इस तरीके से हमें उनके ऊपर दिन भर में न जाने हमें कितनी नजरें पड़ जाएंगी मोहब्बत वाली नजरें डालना और हमें हजर उम्रे का स्वबा मिल जाएगा किसी साहबी नेर्जार्ला क्या एक बार नजर डालने से सवाल मिलेगा अगर सौ बार इंसान डाले तो क्या किलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वो इतना कमजोर थोड़ी ना उसके खजाने में कोई इतनी कमी थोड़ी ना अगर आप दिन भर में सौ बार नजर डालेंगे तब भी आपको सौ बार सवाल मिलेगा तो बताओ हजर उम्र में कितना खर्चा आता है पता किसी के रिश्तेदार गए होंगे हज करने पूछ लेना लेकिन आपको यहाँ फ्री फोकट में मिल रहा है इस मौके को बिल्कुल भी जया ना करें माँ बाप की खिदमत करना तो बहुत दूर की बात है उनके ऊपर एक मोहब्बत से निगाह डालना है, तो इतना बड़ा सवाल मिल रहा है और अगर सोचो ख़िदमत करेंगे तो फिर कितना बड़ा हमारा मुकाम हो जाएगा तो इसलिए मेरे भाई माँ बाप की फर्माबरदारी करें इस तरीके से हमने बतलाया कि हमें रमज़ान की तैयारी करना है क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा महीना मुकद्दस और बाबरकत महीना आ रहा है क्योंकि बतलाया गया है माँ बाप की बहुत अहमियत है अगर मा, माँ बाप हमसे राज़ी हैं तो वो रब राज़ी है अगर माँ बाप हमसे नाराज़ हैं तो फिर वो रब भी नाराज़ है तो इसलिए हमें इबादतें करना है लेकिन अपने माँ बाप की साथ साथ में फर्माबरदारी भी करना है उनको खुश रखते हुए अपनी इबादतें करना वक्त बहुत कम है वरना बातें तो बहुत कुछ और हो जाती अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान की तैयारी करने वाला बनाए और इससे हमें बहुत सारी बरकतें उठाने का मौका मिल सकेगा तो अल्लाह ताली से दुआ करो किल्ला तला कहने सुन ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अदा पढ़ना जिन लोगों ने सुनतें नहीं पढ़ी पढ़ना है